मेरी धड़कन तुमको चाहे मेरा दिल बन जाना तुम कभी रूठ जो जाए दिल तो सीने से लगाना तुम मुझे अपना घुमा के रखना अपनों की तरह हड़ता मेरा दिल तो जुगाए तुम ऐसी जैसे सुर से जुगा सर